डिंडोरी कलेक्टर विकास मिश्रा ने जेई में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को सम्मानित किया सम्मान पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे पर मुस्कान छा गई डिंडोरी जिले के विभिन्न स्कूलों से जेई परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को कलेक्टर विकास मिश्रा ने कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में मेडल पहनाकर कर सम्मानित किया जिले में ग्यारह छात्र छात्राएं जेई में उत्तीर्ण हुए दुर्गावती सुमित कुमार ध्रवे सुषमा अरवार अभिषेक नागेश प्रतीक कुमार सड़वा गुलशन कुमार तेजस साहू महेंद्र सिंह राठौर हेमंत कुमार साहू युवराज कुमार झरिया प्रमोद कुमार को सम्मानित किया गया इस मौके पर कलेक्टर विकास मिश्रा ने सभी से अपना लक्ष्य साधने के तरीकों पर चर्चा की उन्होंने विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य ऐसी संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है